अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल वाले आइकन को जरूर दब ताकि सबसे पहले ऑडियो और वीडियो आपके पास पहुँच इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे में जैसा कोई जिंदगी नींद टूटी तो आया समझिए जिस में चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जा। काबिल नहीं है फा तेरा चेहरा भूल काबिल नहीं है बेबा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है खूबसूरत बात है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है चेहरा। ओ, मेरी आज तक ना गया में बारिश तेरी मौजूद है मशहूर है मेरी बलबादियों की वजह में कहते हैं कि शामिल नहीं है अतल फिर भी तू मेरा का खुदा भी था चुका मैं सजमा बैठा तुझे सारे के सारे जख्म जख्मे जु तुमने दिए थे मुझे अब मेरे